Hey guys, मेरा नाम है एंड क्या आपको पता है हर उसने दो मिनट का टाइम लिया इंटरव्यूर से और बोला सर ये रहा है एक फॉर्म इस फॉर्म को भर कर आप जीत सकते हैं दस लाख रूपए की लॉटरी तो इंटरव्यूअर ने बोला की मैं भर तो दूंगा लेकिन मेरे पास पेन नहीं है तो फिर बंदे ने बोला कि सर ये लीजिए पेन ये मात्र दस रुपए का है और इस पेन को खरीदकर क्या पता आप दस लाख रुपए की लॉटरी जीत जाएं? जाए इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जब कोई चीज बेचनी है तो हमें उसके लिए आवश्यकता पैदा करना पड़ेगा अगर हमने आवश्यकता पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप ही बिक जाएगी और उसे बिकने से कोई नहीं रोक पाएगा सो गाय कमेंट करके जरूर बताए कैसा लगा आपको ये फैक्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें तब तक, तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में